आदमी के शरीर के किस हिस्से में पसीना नहीं आता है आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कान ऑप्शन बी नाक ऑप्शन सी होठ या ऑप्शन डी हाथ आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है